तो चलिए बात करते हैं अब हमारी देसी गर्ल की जी हाँ देसी गर्ल फिलहाल यानी प्रियंका चोपड़ा अपनी न्यूयॉर्क ट्रिप पर है अपनी प्यारी सी डॉटर मालती के साथ अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंका चोपड़ा और निक ने बताया कि उनकी एक सैरोगेटेड डॉटर है जिसका नाम मालती है जी हाँ अभी अभी उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा एक पार्क में है न्यूयॉर्क के एक पार्क में है और वहां पर अपनी बच्ची के साथ टहलती हुई नजर आ रही है हालांकि इस फोटो में भी उन्होंने अपनी बच्ची का फेस शेयर नहीं करा है और तो फैंस बेताब हैं उसे देखने के लिए तो चलिए फोटो देखिए